आधार कार्ड ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से बनाया जाता है तो चलिए हम आज इसके बारे में आपको बताते हैं कि अगर किसी का आधार कार्ड खो भी गया हो तो आपके पास कोई भी अगर दस्तावेज ना हो तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से आप अपने आधार नंबर इनमेंट नंबर को आप फॉरवेड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको कि किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर ओपन करने के बाद इसको डेस्कटॉप टॉप साइट पर लगा लेना है और डेस्कटॉप टॉप साइट लगाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है सर्च बार पे आधार आधार लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है तो आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी इस ऑफिशियल वेबसाइट में आपको आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट साइड है इस पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आधार की ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट आधार के ऑप्शंस में लोकेट इनोलमेंट सेंटर बुक अपॉइंटमेंट और चेक आधार स्टेटस डाउनलोड आधार और इसी के नीचे है रिट्राइव लोस्ट फॉरगेट ई आई डी इस पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप साइट को फिर लगा लेना है लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट 12 डिजिटल आधार नंबर या 28 डिजिट इनमेंट नंबर आप इनमें से आधार नंबर फॉरगेट करना चाहते हैं या इनमेंट नंबर ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है मान लीजिए मुझको अपना आधार नंबर निकालना है तो हमने ये आधार नंबर पे टिक कर दिया इसके बाद यहाँ पे नाम डालने के बाद आप देख सकते हैं नीचे इंटर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर आप अपना आधार नंबर मोबाइल नंबर पे मंगाना चाहते हैं तो ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा वो अगर आप ई मेल आई मंगाना चाहते हैं तो आपको अपनी ई मेल डालनी पड़ेगी उसके बाद आपको ये जो स्क्रीन पे शो हो रहा है कैप्चा इस कैप्चे को आपको दर्ज कर देना है दर्ज करने के बाद सेंड ओटीपी का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर सेंड कर देना है सेंड करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो भी आधार से लिंक होगा उस नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा आधार के माध्यम से उस ओ को आपको इस पर दर्ज करना है ओ दर्ज करने के बाद आपको सबमिट कर देना है सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं योर आधार नंबर सेंट इज़ योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी आपका जो है आधार नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है और आपका जो मोबाइल नंबर आधार में लगा होगा उस पर आपका आधार नंबर पहुंच चुका होगा ट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक लाइक करें